नमस्कार दोस्तों मैं विशाल आपको स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल विशाल टेकन इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ में जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि टी सर्टिफिकेट क्या है आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि टी सर्टिफिकेट कैसे निकालते हैं और टी एग्ज़ाम कैसे देते और उसका रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं जो कि टी एग्ज़ाम जरूरी इसलिए है कि ग्राहक सेवा केंद्र खोलने के लिए और सी पोर्टल लेने के लिए टी एग्ज़ाम देना बहुत ही जरूरी है टी नंबर चाहिए चलो तो फिर बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ लेट सबसे पहले आपको आ जाना है Google Chrome ब्राउजर में वहां पे आपको टीईसी लॉग इन पर टाइप कर देना है टीईसी लॉग इन टाइप करने के बाद कुछ आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा के आगे आपको रजिस्टर पे क्लिक कर देना है रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर में नेम मोबाइल नंबर ईमेल आई डी फादर्स नेम स्टेट डिस्ट्रिक्ट एड्रेस जेंडर डेट ऑफ बर्थ और आपका यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर मतलब फोटो यहाँ पे आपको अपलोड करना है फोटो यहाँ पे आपको अपलोड करना है वहां पे उसके बाद आपको यहाँ पे, पे कैप्चर कोड फिल करके आपको सीधे नीचे सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपको सीधा पेमेंट के ऑप्शन पे लेके आएगा पेमेंट ऑप्शन का पेज ओपन हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग यू भीम क्यू आर कोड से आप स्कैन कर सकते हो आपको टी ए सी एग्ज़ाम के लिए चौदह सौ उनसी रुपये और बहत्तर पैसे की ज़रूरत पड़ती है मैं यहाँ पे पेमेंट सिर्फ मैं यहाँ पे पेमेंट कर देता हूँ यहाँ पे आ रहा है कि प्लीज़ डू नॉट बैक बटन वहाँ पे कुछ भी बैक बटन प्रेस नहीं करना है यहाँ पे आपको टी ए नंबर आ गया है और आपका जो पासवर्ड है वो आपका मोबाइल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रहता है वहाँ पे नीचे आपको सीधे लॉगिन पे क्लिक कर देना है लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपने आपको भी जो टी सी नंबर मिला है वो टी ए नंबर और आपका पासवर्ड रहता है मोबाइल नंबर वो टाइप करके सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है सबमिट बटन क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा इंटरप्रेस दिखाई देगा यहाँ पर आपका प्रोफाइल पिक्चर ऊपर शो करेगा टी नंबर आपको ऊपर शो करेगा यहाँ पे आपको पासवर्ड सेट कर आप यहाँ से पासवर्ड सेट कर सकते और पासवर्ड डालने के बाद नया पासवर्ड यहाँ पे सेट कर सकते हैं आप ये जो मॉड्यूल रहते इसमें इसमें मॉड्यूल रहते हैं यहाँ पे सब मॉड्यूल रहते हैं जहाँ से आप वीडियो डी के द्वारा या वीडियो के द्वारा आप टी ए के एग्ज़ाम कैसे देनी है उसमें कौन से कौन से क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं आपको यहाँ पे दस तरह के आपको यहाँ पे दस एग्ज़ाम देने पड़ते हैं उसके बाद या उसका ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है आपको यहाँ पे 10 आपको यहाँ उस 10 एग्ज़ाम में कौन से कौन से क्वेश्चन आएंगे उसके रिलेटेड यहाँ पे टॉपिक दिए होते हैं ये वीडियो या हम पूरे पढ़ लेने के बाद ही टी एग्ज़ाम देना देना है और जब तक हम ये 10 मॉडल्स कम्प्लीट नहीं कर लेते तब तक हम टी ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं दे सकते ये जो दस मॉडल रहते हैं वो एक ही करके एग्जाम देना पड़ता है जब एक कम्प्लीट करोगे तब दूसरा अपने आप को यहाँ ओपन हो जाएगा उसके बाद दूसरा तीसरा ऐसा पूरा कंप्लीट करने के बाद आपको नीचे स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करना होगा अब मेरा तो ओपन नहीं होगा क्योंकि मैंने जो 10 मॉडल कंप्लीट नहीं किए स्टार्ट एग्जाम करने के बाद आपको ऑनलाइन स्टार्ट एग्जाम करने के बाद आपको ऑनलाइन एग्जाम देना रहता है मैं आपको यहां पर एक एग्जाम दे दिखाता हूँ यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको स्टार्ट एग्जाम पर क्लिक करना है स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखाई देगा यहाँ पे सही और गलत आपको चॉइस कर देना है मैं यहाँ पे ये इसलिए नहीं सिक्योरिटी रीज़न के लिए अभी ये क्वेश्चन नहीं दिखा पा रहा हूँ इसके लिए मैं यहाँ इसके आगे की कुछ एक और आंसर नहीं दिखा सकता केसेज से रिलेटेड कुछ भी जानकारी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मेल करके आप उसकी जानकारी पा सकते हैं मैं आपके मेल का रिप्लाई ज़रूर दूंगा धन्यवाद दोस्तों मेरे चैनल पे इसी तरह से सी एस एस रिलेटेड और सी एस सी कोई भी सी एस सी रिलेटेड वीडियो आते रहते हैं और सी एस सी के एग्ज़ाम कैसे देने हैं इसका मैंने सी एस सी रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसका मैंने कम्प्लीट वीडियो डाल दिया है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और सी मिलने के बाद उसके लिए कौन से कौन सा एग्ज़ाम देने पड़ते हैं कौन से कौन से दस सर्टिफिकेट जरूरी होते हैं ये सब की जानकारी ये सब की जानकारी आप मुझसे ले सकते हैं उसके लिए मेरे चैनल में नीचे कमेंट बॉक्स में क्लिक कर देना मैंने यहाँ पे पूरे एग्ज़ाम दिया है मैं अभी आपको सर्टिफिकेट दिखा देता हूँ कि टी का सर्टिफिकेट कैसा रहता है डाउनलोड टीसी सर्टिफिकेट में मैं क्लिक कर देता हूं। दोस्तों इस तरह से आपका टीसी सर्टिफिकेट बन के रेडी हो जाता है ऐसे ही वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना